मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता पहले एक दूसरे के घर जाएं उसके बाद घर चलो अभियान चलाएं। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर है इस बार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान आरोप तंज कसा और कहा की कांग्रेसी नेता एक दूसरे के पहले घर जाए उसके बाद यह अभियान चलाए कमलनाथ जी गए थे अभी परसों ग्वालियर में तो वहां की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष घर चली गई इस्तीफा दे गई अभी जब वो देवास की तरफ गए थे तो वो देवास के पूर्व विधायक जी घर चले गए पता नहीं कैसे घर चल रहे एक दूसरे के घर तो चले जाए मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं कि कभी अजय सिंह जी के घर अजय सिंह जी कमलनाथ जी के या अरुण यादव जी इनके एक दूसरे के घर जाते हो कितना देख लें उसके बाद आगे चले इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जिन्होंने चलते हुए कारखाने बंद करा दिए उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती गौशाला को लेकर उन्होंने कहा कि कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि एक अधिकारी को गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त करें चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं विपक्षी चुनाव में मुद्दों के साथ जा रहे है या अपने बेटों के साथ वो इस तरह की बातें कहें तो अचंबा लगता है और पंद्रह महीने में उन्होंने क्या कौन सा कारखाना लगा दिया था और उस समय क्यों नहीं चलवाया जब उन्हीं की चल रही थी उनके मंत्री कह रहे थे कि पर्दे के पीछे से वो सरकार चला रहे संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति ऐसी कूटनीति तक